नमस्कार जय हिंद साथियों मैं तो़ीर अहमद और अभी आपको एक जानकारी से रूबरू कराने वाला हूँ अभी आप लोग सभी मेरे ख़्याल से फेसबुक सभी यूज़ कर रहे होंगे सभी ने अपने अकाउंट बना रखे होंगे कि दो दो तीन तीन अकाउंट बना रखे होंगे तो एक जानकारी आपको दे दूँ कि अभी मैसेंजर के थ्रू लोग बहुत फ्रॉड कर रहे हैं वो आई को हैक करते हैं हैक करने के बाद चेक करते हैं कि इनकी चैटिंग किस किस से ज़्यादा हुई है और कहाँ किस तरीके किस लोगों ने ए, किन लोगों ने किससे ज़्यादा चैटिंग करी है और कहाँ इनको ये भी पता कि किस बंदे से किस तरीके से पैसे लेने हैं ये मैसेज करते हैं मैसेज करके बोलते हैं कि बहुत ज़रूरत है आईडी डी ली और बहुत ज़रूरत है भाई पैसे दे दो या मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं या मुझे बहुत ही ज़रूरत है मतलब इस तरीके से ज़्यादा की रिकमेंडेशन नहीं करते शुरू में शुरू में आपसे हज़ार या 500 रुपए ही मांगते हैं उससे ज़्यादा नहीं मांगते तो आपके मैसेंजर पर कोई ऐसा मैसेज आए तो आप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस पर किसी को भी पैसे ना डालें अगर आपका कोई कलीग या आपका कोई दोस्त या आपके रिश्तेदारी में कोई परेशान है ज़्यादा ही परेशान है तो वो आपको कॉल करें कॉल करके उससे आप बातें करें बात करने के बाद उसको पैसे फिर ट्रांसफ़र करें अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है कोई कॉल मैसेंजर के थ्रू कोई आ, आपको मैसेज कर रहा है तो आप उस पर पैसे ना डालें क्योंकि यहाँ फेसबुक के ज़रिए भी बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं अकाउंट को हैक करके और आपसे पैसे मांगते हैं कुछ ऐसे होते हैं उसके जो ये देख लेते हैं कि भाई इनकी इनसे ज़्यादा चैटिंग हुई है और उनसे प्यार में भी बात हुई है तो उनको वो चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद फिर जो है उसको मैसेज करते हैं और हमें किसी पे अपने दोस्त पे ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई कि यार ये दोस्त है हमारा बहुत दिन हम साथ में रहे हैं और तो इसको ज़रूरत ही होगी हमारे दिमाग में भी आइडिया नहीं आता कि हम उसको एक बार पहले कॉल करें देन उस कन्फर्म करें उसके बाद पैसे डालें लेकिन जब मोहब्बत होती है दोस्तों से तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बिना कॉल किए ही बिना कुछ करे ही उसको पैसे दे देते हैं ये वाक्य हमारे साथ भी हो चुका है हमारी एक टीम आ, मेंबर था उसके थ्रू उसके आईडी के थ्रू हम पर कॉल मैसेज आया कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है तो हमने भी ऐसे ही नॉर्मली थोड़े से पैसे 150 रुपए मैंने अपनी आईडी से आ, मतलब उसको डाल दिए एंड शाम को मेरे एक फ्रेंड का और फ़ोन आता है वो कहते हैं कि भाई आ, तुम्हारे पास कोई मैसेज आया मैंने कि हाँ आया तो था और उसके बाद से कि भाई मैंने भी उसको पैसे ट्रांसफ़र मारे हैं फिर हमारे एक सारे हैं वो भी कहते हैं कि हाँ जी मेरे पास भी मैसेज आया था कि पैसे की बहुत ज़रूरत है पर उन्होंने नहीं डाले उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत है अगर तू दिल्ली में है तो मैं आके तुझे पैसे दे देता हूँ तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही था कि अगर आपके पास कोई मैसेंजर से कोई कॉल आए मैसेज आए तो आप उसको पैसे ना डालें ना ही गूगल पे करें ना ही पेटीएम करें ना ही किसी और तरीके से उसको पेमेंट करें क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं आईडियों को हैक करते हैं जो पुरानी पुरानी आईडियाँ उन्हें हैक करके उन्हें चालू करके और अपना नंबर दे देते दे दे हैं उस पर पे वगैरह सारी चीज़ें करा लेते हैं तो अगर मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्स्राइब सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद जय हिंद